सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा होता है कि हर दस दिन में एक पर्चा होगा और हर दस दिन में उसका परिणाम निकलेगा तो परीक्षार्थी दस प्रतिशत रह जाए बता रहा हूं क्योंकि हर दस दिन में पोल खुलने लगेगी कोई रोज तो रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ती कि बेटा आज कितनी दूरी तय की आज कितनी पढ़ाई कितना काम किया साल भर के बाद एक दिन आता है परिणाम अब उसमें वो सब जो लड़की लड़के के खेल है ये बहुत समय मांगते हैं भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इत्यादि के जीवन में आने का अर्थ ही है कि वो जो तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के होते हैं उनमें दो चार घंटे तो उसके नाम हो गए मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बना करके, जिससे तुम पंद्रह दिन में पंद्रह मिनट के लिए बात करते हो खा दो गर्लफ्रेंड का मतलब ही होता है मैंने समय तुझको दिया नहीं दिल तुझको दिया नहीं समय तुझको दिया ले जा अब तो समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा जो कोई किसी सार्थक लक्ष्य की ओर लगाओ उसको समय कैसे मिल जाएगा ये सब करने का ये सब खेल तो ऐसे ही किसी चीज में जरा विशिष्टता हो यूनिकनेस हो सच्चाई हो तो उसके लिए रोया जाए ब्लड बैंक में खून होता है खून खून एक बराबर इसी तरह शरीर के बाकी सब पदार्थ भी रसायन हार्मोन एक बराबर जब खेल हार्मोन का हो तो उसमें रोना क्या या ब्लड बैंक में जाकर के रोते हो कि मुझे तो मेरी महबूबा वाला ही खून चाहिए क्योंकि मेरे दिल में वही बैठी है तो खून भी दिल में उसी का प्रवाहित हो रोते हो क्या तुछ? मर रहे होगा तो ब्लड बैंक में जाकर के भाव खाओगे कि नहीं सुंदर लड़की का खून दो दिल में जाएगा दिल में तो मेरे हुई बैठनी चाहिए